हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय श्याराम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है मैं आज अपने खेत पे आया हूँ तो आप देख सकते हो पीछे का व्यू यहाँ से हमारे खेत नज़र आ रहे हैं और मैं खड़ा हूँ अभी जस्ट खेत के किनारे हमारे जो जंगल है उस पर तो यहाँ से हमारा पीछे का व्यू आप देख सकते हो दिख रहा है और सामने दोस्तों शूर की रोशनी दिख रहा होगा आपको दोस्तों तो काफ़ी दिनों बाद दोस्तों धूप निकली है तो इसका कुछ मज़ा ही अलग है धूप का तो वो भी ले रहा हूँ साथ में और वीडियो शूट भी हो रहा है तो आप देख सकते हो पीछे का नज़ारा धूप से आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर ये हमारे खेत है इधर राम टेकरी है और इधर कुदारा है और पीछे मुआसा है जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ टोरेस्ट का नज़ारा है और सामने ये मंदिर दिख रहा है आपको दोस्तों ये कुदारा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ देखना दोस्तों ये भी छोटा सा गांव है हमारे गांव के जस्ट बगल में ही और फिर इधर सोपरा है जो ये गांव दिख रहा है छोटा सा और इसके जस्ट बगल में ही आपको मैं दिखाऊंगा राम टेकरी जहाँ पे वीडियो में बनाता रहता हूँ दोस्तों आप देख सकते हो राम टेकरी के आसपास का व्यू ये मंदिर दिख रहा है आपको और ये है है हमारे गांव का व्यू गांव यहां से काफी दो किलोमीटर दूर है फिर भी मैं आपको दिखा सकता हूं जूम करके दोस्तों ये मेरा घर जो आपको दिख रहा है सामने तो काफी अच्छा व्यू है दोस्तों हमारा गांव चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है ये हमारे गांव का मंदिर जो दो शिखर दिख रहे हैं आपको और फॉरेस्ट और गांव के बीच में हमारी है जमीन जहां पर ये फसल लेला रही है हरी भरी हुई ये दोस्तों सरसों के खेत और ये है मेरे दोस्त का फार्म हाउस जो मेरे साथ में अभी वहां भी काफ़ी अच्छा दोस्तों ये मेरा फ्रेंड बोलाराम हाय दोस्तों ये हम दोनों बचपन के दोस्त हैं तो दोस्तों आज मैं यहाँ मिलने आया था इससे तो हम हम लोग अभी हमारे खेत के किनारे जो जंगल है वहाँ पर बैठे है ऊपर आप देख सकते हो पीछे पेड़ और पत्थर नजर आ रहे होंगे हमारी भाषा में इसको डांग बोलते हैं <laughs> इंग्लिश में फॉरेस्ट बोलते है तो दोस्तों ये देखो आप ये पत्थर है बड़े बड़े पत्थर और इस पर हम बैठे हैं और ये किसी बेहतरीन लग्जरी जो चेयर होती है उससे कहीं सुकून देने वाली है हमारे लिए तो <laughs> एकदम प्लीज एंड टाइम स्पेंड हो रहा है दोस्तों यहाँ पर बैठने का कुछ एक अलग ही आनंद होता है नो पोल्यूशन एकदम और क्या नेचुरल नो पोल्यूशन नो नॉइज नो ट्रैफिक वी आर सिटिंग वेरी काम एंड कूल बस आपको आवाज आएगी तो पक्षियों की आएगी वो भी नहीं आ रही अभी तो अभी तो वो भी पक्षी अभी क्या शाम के टाइम आएंगे अभी नहीं आएंगे वो अभी शाम में थोड़ा वक्त है तो चुगने निकल गए हैं जब उनका लौटने का टाइम होगा तो पक्षियों की चह चाह सुनाई देगी और बहुत मनोरम दृश्य होता है वो जब ऊपर से पक्षी आ रहे होते हैं दोस्तों इसका भी एक चैनल है बोला लोधा के नाम से आप जाके सर्च करना आपको एक से एक बेहतरीन कंटेंट्स वीडियो मिलेंगे और एक से एक अच्छी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू फार्मिंग और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को सीखने को मिलेगी तो आप जाके इस वीडियो के बाद एक बार क्लिक करके देखना बोलाराम लोधा के नाम से सर्च करके देखना या मेरे ही कहीं कमेंट्स में नीचे देखना इनका कमेंट को देख के आप इनका चैनल खोल के देखना ज़रूर आपको एक से एक बढ़िया वीडियो मिलेंगे बढ़िया बढ़िया खेती बाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी क्यों बोला जी बिल्कुल हम दोस्त दोनों मिलके और फार्मिंग का काम करते हैं तो बस लगे रहते हैं और उसी से संबंधित ब्लॉग्स बनाते हैं दोस्तों जिसमें इन्फॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट होता ही है और इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जैसे खेती में क्या नया किया जा सकता है और कैसे उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है इस काम को परम्परागत तो चला ही आ रहा है लेकिन अभी जो दौर है वह नया दौर है तो नई जो फ़सलें हैं उनको कैसे उगाते हैं तो ऐसा ही हम लोग आजकल करते हैं तो वही चीज़ आपको भी दिखाते हैं और यदि आपको इंटरेस्ट हो तो हमारे जो चैनल है दोस्तों उस पर विजिट करिएगा तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने मायने रखता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए गेम चेंजर होगा हमारे मोटिवेशन को कंटिन्यू आपका सब्सक्रिप्शन और आपका बहुत टाइम लाइक कमेंट्स सब डिपेंड आपके ऊपर ही करता है हम यूट्यूब चैनल को इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं अगर इंटरेस्ट ही हमारा इनकम का सोर्स भी बन जाएगा तो हम और नए नए कंटेंट्स दिखाए नए नए टेक्नोलॉजी जो भी आएगी वो आपके सामने पेश करेंगे तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करें दोस्तों में लाइक करें कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले दोस्तों <laughs> क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत हमारे लिए एक तरह से बोले तो बहुत बेनिफिशियल भी है तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मेरे दोस्त ने जो बातें आपको बताई हैं वो भी आपके कुछ समझ में आई होगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो दे के कहीं भी स्किप ना करें जय हिंद जय भारत मिलते हैं अगले वीडियो में लव यू ऑल थैंक यू दोस्तों ये हमारे गाँव के पास एक छोटा सा लक्ष्मी उसके पीछे है देखते हैं फील्ड करती है कि नहीं और राजेश काफी ऑलराउंडर खिलाड़ी है दोस्तों राजेश <laughs>